गरम बतावा रोटी बेली जीजा जी, बेली जीजा जी ए जी, गरम बतावा रोटी बेली जीजा जी, हाँ हाँ बेली जीजा जी, तनिला हंगा, तनिला हंगा उठा के चुमा ले लीजी